पर वेट गेन नहीं हुआ तो आज ऐसी डाइट लेके आया हूं अब कोई नहीं रोक पाएगा आपका वेट गेन होने से और मसल मास गेन होने से आपको अपनी डाइट में फैट ऐड करना है एक मुट्ठी काजू ऐड कर लेना एक मुट्ठी बादाम ऐड कर लेना पांच अंडे ऐड कर लेना पूरे एक मुट्ठी अखरोट ऐड कर लेना पीनट बटर या पीनट ऐड कर लेना एक मुठ्ठी ठीक है यार दो चम्मच पीनट बटर के और ये सीड्स सीड्स दो या तीन तरह की आती है चिया सीड फ्लेक्स सीड और सनफ्लावर सीड दो चम्मच इनके ऐड कर लेना और रिजल्ट कह रहा हूं नेक्स्ट लेवल ही जाएंगे मसल मास भी गेन होगा और फिर वेट गेन भी होगा और यही हूं मैं Instagram पे बता देना रिजल्ट ना आए तो ये सब ऐड करने के बाद सो तो बाई गई इस मिलते यार नेक्स्ट वीडियो में